देखिए अभी हम लोग आए हैं बॉर्डर पे घूमने के लिए तमिलनाडु बॉर्डर समझ लो ये बॉर्डर ही नहीं मतलब कि ये तमिलनाडु का एक एयरपोर्ट है यहाँ पे हम लोग घूमने के आए और हमारे साथ हमारे साथ ये फ्रेंड हमारे फ्रेंड भी लोग आए हुए हैं और ये हमारे हम लोग यहाँ पे शेयर शेयर करने के लिए आए हुए हैं तो हम आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ का नज़ारा कैसी है किस तरह की है और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 थेंड़, हमारे फ्रेंड भी लोग आए हुए हैं और ये हमारे हम लोग यहाँ पे शेयर शेयर करने के लिए आए हुए हैं तो हम आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि देखें यहाँ करना ज़्यादा कैसी है किस तरह की है और देखें यहाँ पे फ्लाइट भी उड़ रही है बस मैं अपने दोस्तों दोस्तों लोग से यही शेयर करना चाहूँगा करना चाहता हूँ कि ये हमारी वीडियो है बस मेरी ज़िंदगी में जैसे, जैसे जैसे थोड़ा बहुत देखिए सेकंड आर्मी आ रही है देखिए नीचे बस अभी लैंड होने वाला दो तो फ्लाइट गई है वो लड़ाकू विमान थी और देखिए कितनी कितनी कितनी छोटी मतलब कि कम ऊंचाई से नीचे लैंड हो रही है अभी हमको देखे, देखे, को वीडियो अच्छा लगेगा लग रहा है ना फेसबुक